बही न जाए बीर गां बारी बाबू मरिया जक जोरी रे बलुआ टपटपुब लगलो देक जोरी रे बलुआ बहन जा रे गा बारी बाबू मारिया ब जा गवाना बारी बाबू मारिया दिए जा जोरी पट पचु लग बाबा के दुलारी बा नहीं कभी उठनी भो ओ बाबा के दुलारी धियाबा नहीं कभी उठन भो कैसे हम सैया के जाए कैसे हम सैया के जाए मनवाम हो कपट हुए लगी लोग नैहर में कहीं न फिक्रिया नैहर में कोई ना फिक्रिया रहनी हरदम विभोत नैहरा में क्रिया हरदम विभोत कैसे बलम के समझ कैसे हम बलम के समुझ करे लगे हैं गाबा में सो से हम बलोमा के समझाए कर लगी है घरावा में सो दक जोरी रेमला चपट प चु लो दीहजक जोड़ी रे ब बहिना ब जा गवना बारी बा मर लिया जोरी रेबला जोड़ी रेबला बहिना ही ना गवाना बारी बाजक जोड़ी रे बल हे टपट हुए लगी झक जोड़ी रे बल ऐ ट हुए लगनो देह जोरी देना